श्रद्धा से भरने का अर्थ है जब कोई हृदय को सीधा खोलने को तैयार है अभी साइकोलॉजिस्ट या साइकोएनालिस्ट क्या कर रहे हैं वो इतना ही कर रहे हैं एक मरीज पे तीन साल तक साइकोएनालिसिस एनालिसिस चलती कोच पे लिटाया है मरीज को घंटों हजारों घंटों उससे चर्चा होती मरीज कहता जाता है चिकित्सक सुनता जाता किस लिए